कहा बताऊँ सा सुरारे में जाये तो बहुत पड़ेगा तीन सौ रुपया किलो वाई तो बर्फ़ी ले गो बेगा रुपये मिले और पेट्रोल को तो तुमने बतो है सड़क के बेचा नहीं सड़क पे जा रही है टंकी पे बैठी चला रही हूँ मोटरसाइकिलेगी देख लो जिंदगी तो जिनकी है धनी आराम जा रहा वर कार में बैठे के एसी चलाए के डीजे बजाए के मोटरसाइकिल पे तो मरे वो ये गांव पर हो तो गाम में तो गांको ठंडन में सतड़ो नहीं और पानी पर है तो जाऊलो देख रही कंजू से मोटरसाइकिल की जगह मारू थी देती तो बढ़िया बैठके जाता नहीं है क्या एसी चलाए के आराम होते हाथ पाने का भरोसा आठ दूसरे की कमाई को मटोला बता रो दोनों है वो तेखा थोड़ी नहीं दोनों में ले तो ले। जा पे बैठे करिया में भारी ला लल्लू के पापा तुम मोटरसाइकिल धर के आया तुम्हें का बिजली पड़ेगी नई देर के बताया करू <laughs> देख लदमी तो बनने को तुम्हें बदतु ना लेने पूछा मैं तो करया मैं है में दद्द रो दद्द के मैं मरी जा रही हूं मैं बोलो तू ऐसे काई को रो रही है ऐसी मेहनत तो होते का कह दई करया में तो दद्द रो होगा मोटरसाइकिल पे बैठे-बैठे परेशान है गई होगी डाणी तो में तो नहीं मैं हूं बारिश होते दद्द रो मोपे तो चलाऊं नाने जा रहो मोटरसाइकिल पे बैठे-बैठे परेशान ना है जाते ही का ऊपर से तुम और आए के ताने डोल रहे हैं तू रोवे मत पूलो तो ये देख के मुंह अरवास आ जाते हैं भगवान ने एक ही तो मल्लू कैसी लुगाई दई बहुए दुखी बुखी राह तो, तो जीवो बेकार है चिंता मत करे फूलो अब कितनी ससुरार मारुती पे ही चलेंगे ला, ला, सही कह रहे हैं तुम घर में मारुति तो होनी चाहिए कापा तो कौन से खाना कैसी टाइम पे काम आ जाते हैं मारुती खरीदवा को बड़ी बात है ना बस सौ बोरी खेलवा सो बोरी ससों बेचेंगी नही क्या कल ही आगे ठाडी होगी मारुती वो तो मैं अब तक पेट्रोल के खच्चा के मैं डर परे भाई फूलो के आंगे फूलों के आंगे तो सब खु फैल है फूलों की है, भाई में है। सही कह रहे हैं ट्रैक्टर वस्सों की बोरिंग ट्रोल में ला देखो बिता मारुति खरीद लागे चल भाई झंडू पटापट में क्यों कर रहा हूँ देरी नई कार आ रही है में मेरी तो रहे है मंडी बेच रहे मारुति कार वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो अच्छा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे एक प्यारी सी कमेंट और करते हुए राम जी की फिर मिलते हैं एक और दवा वीडियो के संग